ये पढ़ा है तू ही मेरी महबूबा है आंखों से ये पढ़ा है तू ही मेरी महबूबा है कहती है जिंदगी मेरी तू आशती

कि तुम हो करार तू मेरा कहती है जिंदगी मेरी तुम आशी

से ये पढ़ा है तुझी मेरी महबूबा है